बहुत समय पहले की बात है एक जंगल में एक बार एक घमंडी हाथी था जो कि हमेशा छोटे छोटे जानवरों को धमकाता था और उनको बहुत परेशान करता था इसलिए सभी छोटे जानवर उससे परेशान थे एक बार की बात है वह अपने घर के पास के चीटी के बाँध में गया और चींटियों ने पानी छिड़का ऐसा होने पर वो सभी चीटियाँ अपने आकार को लेकर रोने लगीं क्योंकि वो हाथी इनकी तुलना में काफ़ी बड़ा था और इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती थी हाथी बस हंसा और चींटियों को धमकी दी कि वह उन्हें कुचलकर मार डालेगा ऐसे में सारी चीटियाँ वहाँ से चुपचाप चली गईं। फिर एक दिन चीटियों ने एक सभा बुलाई और उन्होंने हाथी को सबक सिखाने का फैसला किया अपनी योजना के मुताबिक जब हाथी उनके पास आया तब वे सीधे हाथी के सूंद में जा घुसे और उसे काटने लगे इससे हाथी केवल दर्द में करा सकता था क्योंकि चीटियाँ इतनी छोटी थीं कि उनका यह हाथी कुछ नहीं कर सकता था साथ में उसके सूर के अंदर होने की वजह से वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सभी चींटियों ओ जानवरों से माफ़ी मांगी जिन्हें उन्हें धमकाया था उससे ये सब पूरा पीड़ा देख कर चीटियों को दया आई और उन्होंने उसे छोड़ दिया